ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ ये लिखा है अप्लीकेंट नेम जिसके नाम से अप्लाई करना चाहते हैं राश लेबर कार्ड तो उसका यहाँ नाम डाल दीजिएगा इसके बाद आवेदन तिथि ठीक है इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा इसके बाद अरबन से हैं रूर से हैं यानी सारी से या ग्रामीण से तो जो भी क्षेत्र से आप आते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ मेरिट नागरिक स्टेटस मतलब कौन सा मतलब ये शहरी से रूलर से आएंगे तो यहाँ कुछ अलग टाइप का सेलेक्ट दिखाएगा अभी थोड़ा सा लो चल रहा है ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पूरा एड्रेस कर, इसमें फिल कर लीजिएगा मैंने जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस फिल कर लीजिएगा और इसमें सेम एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा यह बॉक्स जो है दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो सेम एड्रेस इसमें फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ फाइल लगाना है यहाँ एक फोटो फाइल आपको जेपीजी पी या पी में अपलोड करना है दो एमबी में ठीक है दोस्तों हाफ फ़ोटो अच्छा सा होना चाहिए अपना फ़ोटो ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ फादर्स का नेम मतलब <coughs> मेल का कर रहे हैं तो फादर्स का नेम फीमेल का कर रहे हैं तो उनका पति का नाम ठीक है इसके बाद आधार नंबर इसके बाद यहाँ यहाँ नब्बे दिन का मतलब यहाँ मतलब कौन सा काम कर रहे हैं वो इसमें आपको सिलेक्ट करना राज है राजमिस्त्री हैं बढ़ई हैं लोहार हैं पेंटर हैं मतलब जो भी हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो हम अभी कुछ नहीं सिलेक्ट कर लें क्योंकि हम ये आप आप लोग को बताने के लिए दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करना है ठीक है और इसके बाद यहाँ इसमें जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद में यहाँ कौन से कास्ट हैं जनरल हैं बीसी सी हैं बी सी हैं एस सी हैं एस हैं इसके बाद इसमें मोबाइल नंबर इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ ई एस आई है तो इसमें आप अपना नंबर भी दे सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कोई गेम इसमें स्टार नहीं लगा है जिसमें स्टार लगा है उसको भरना ज़रूरी इसके बाद यहाँ एडुकेशन इस, इसमें मैट्रिक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो भी इसमें फिल करना है ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ मतलब कितने दिन काम किए हैं वो यहाँ फिल करना है यहाँ से यहाँ फिर तारीख और डेट डालना है कि कितने दिन से कितने तारीख तक आप काम किए हैं ठीक है और अपलोड सर्टिक फिटिक या अपलोड प्रमाण पत्र करना है जे पीएनजी अपलोड एम साइज दो पीडीएफ में दो एमबी का मतलब पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड कर देना है ठीक है दोस्तों या वो नहीं है तो <coughs> वो नहीं है तो 100 प्रमाणित पत्र जो होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ ये लिखा है डिक्लेरेशन आई डिक्लेरेशन ठीक है दोस्तों 100 घोषणा प्रमाण पत्र भी है ना तो उससे भी हो जाएगा ठीक है दोस्तों यानी कि 90 दिन के ज़्यादा से ही बनवाने का है आपको 110 ए, ए, या 200 दिन का बनवाइएगा तो भी अच्छा है जल्दी मतलब आएगा नहीं तो रिजेक्ट कर देता है ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ आई एफ सी कोड बैंक का नेम इसमें बैंक शाखा का नाम इसमें बैंक एड्रेस मतलब कहाँ आपका बैंक है उसका पूरा एड्रेस बैंक अकाउंट कंफर्म बैंक अकाउंट इसमें अपलोड पासबुक दो एमबी में पीडीएफ में अपलोड करना है ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ लिखा है आवेदक यदि पूर्व से किसी अन्याय कल्याण बोर्ड का सदस्य हैं सदस्य हैं तो यस नहीं है तो नो कर देना ठीक है दोस्तों तो, तो, तो आप देख लीजिएगा यश करना नो ठीक है इसके बाद राशन कार्ड एविलिटी राशन कार्ड है तो यस नहीं है तो नो है तो यहाँ यस कीजिएगा और यहाँ अपलोड कर दीजिएगा दो एमबी में यहाँ पीडीएफ में नहीं है और इसके बाद यहाँ नॉमनी डिटेल्स एड करना है ठीक है दोस्तों तो, तो जिसके नाम से नॉमनी देना चाहते हो जैसे जैसे आप मान लेते हम कि आप अपने पिताजी के न, नाम से ये लेबर कार्ड बनवा रहे हैं तो पिताजी आप अपना अपना वाइफ का नमनी दे सकते हैं या आप बेटे का नाम नहीं दे सकते हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें नाम नमनी का इसमें एड्रेस इसमें सदस्य संबंध इसमें उम्र इसमें जनरल और ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ आपको टिकआउट कर देना है ठीक है दोस्तों इसमें एड्रेस पूरा परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर देना है इसके बाद सबमिट कर देना है ठीक है दोस्तों तो इस बी तो हम इसका लिंक इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सीधा आप इसी वेबसाइट पर आ जाइएगा ठीक है दोस्तों